नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है पोटेंशियल क्लासेस चैनल में मेरा नाम है राकेश आज हम जिस स्कीम को समझने जा रहे हैं वो है हेरिटेज स्कीम जो कि कंपनी के पार्टिसिपेशन के द्वारा हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म की विकास और उसके मेंटेनेंस की ओर एक ध्यान है मोदी गवर्नमेंट का एक अच्छा इंटेंशन है की कैसे प्राइवेट कंपनियों का हेल्प से हम अपने हेरिटेज टूरिज्म सेक्टर का विकास कर सके एक गुड एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो जो कि आगे बढ़ चलकर हमारे जो सेक्टर के विकास में मदद कर सकता है। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं तो यह अडॉप्ट एंड हेरिटेज स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू की गई थी ट्वेंटी में ऑन दर्ल्ड टूरिज्म डे या एक की इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ़ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई के मदद से शुरू की गई है इसका ऑब्जेक्टिव है टूरिस्ट फ्रेंडली हेरिटेज टूरिज्म और टूरिज्म uh, पोटेंशियल और उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज साइट्स का प्लांट इन फेज मैनल विकास करना तो कैसे यह स्कीम काम करेगी सबसे पहले जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टूरिस्ट एंड विजिबिलिटी। और इन मोन्यूमेंट्स जो कि सिलेक्टेड होंगे उनको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी या और इंडिविजुअल को के द्वारा अडॉप्ट किया जा सकता है जिनको मोन्यूमेंट मंत्रा के नाम से जाना जाएगा और यह इनिशियल पीरियड फॉर फाइव इन के लिए इसको एडॉप्ट किया जा सकता है इन मोन्यूमेंट मिंत्रा का सिलेक्शन जो होगा ओवरसाइट साइट कमिटी के द्वारा किया जाएगा जिसका चेयर मैनशिप टूरिज्म सेक्रेटरी और कल्चर सेक्रेटरी की को चेयरमैनशिप होगी उस इसमें कोई भी फाइनेंशियल बीड नहीं होगा और कॉरपोरेट सेक्टर से यह उम्मीद किया जाएगा कि उनकी जो भी सीएसआर फंड है उसके हेल्प से इस साइट के, के जिम्मेवारी ले मोनोमेंट मित्रा को एक ये आजादी रहेगी कि वो लिमिटेड विजिबिलिटी इस साइट पे लगा सकते हैं जिससे उनकी ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू में बढ़त मिल सकती है तथा उनको इन, इनकेडिबल इनके इंडिया की जो वेबसाइट होगी उस पर भी उनकी विजिबिलिटी थोड़ी मिलेगी ओवरसाइट कमिटी जो है उसके पास ये पावर है कि अगर इस सिस्टम में अगर कोई नन कम्पलाइंस या नन कंफर्मेंस पाया जाता है तो वो इस डील को इस मेमोरेंडम मेमोरेंडमस्टैंड को कैंसिल भी कर सकती है प्राइवेट फर्म प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर यूनिट यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट में भी जा सकते हैं इस स्टेट ओंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रखरखाव के लिए उनको एडॉप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि शुरू में 500 प्रोटेक्टेड साइट को पांच सौ गवर्नमेंट का टारगेट है कि 15 अगस्त के पहले कम से कम 500 प्रोटेक्टेड साइट को प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए ताकि वो इनका रखरखाव कर सके एडवांटेज समझते हैं सबसे पहला एडवांटेज है कि चूंकि ये बिजनेस अगर कंस्ट्रक्ट टेन करेगी तो उनका रखरखाव अच्छा रहेगा तथा गवर्नमेंट की जो खर्च अभी इस पे आती है कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से इसका यूज होगा तो तो कि गवर्नमेंट पे कुछ लोड जो पैसे की है वो कमेगी कंपनी इसमें इसके मेंटेनेंस में इसका डेकोरेशन में हेल्प करेगी कंपनी गाइडेड टूर्स सेट कर सकती है कल्चर प्रोग्राम करवा सकती है इक्विपमेंट फिक्स कर सकती है जिसके कारण इसकी रख इसकी डेकोरेशन इसकी ब्रांडिंग जो भी साइट्स हैं उनके टूरिज्म में वृद्धि हो सकता है इससे सस्टेनेबल टूरिज्म पे बढ़ावा मिलेगा सस्टेनेबल टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ सम एंड हेरिटेज उनकी रखरखाव उनके ऑपरेशन को मोर प्रोफेशनली ढंग से सुनिश्चित कर सकता है इससे जॉब अपॉर्चुनिटी में भी वृद्धि हो सकती है चूंकि कंपनी अगर प्रोफेशनली इसको मैनेज करती है तो नंबर ऑफ फॉर्मल इंप्लॉय सिपेगी जिसके कारण आसपास के लोगों को कुछ फॉर्मल नौकरी मिल सकती है कंपनी कंपनी के लिए क्या फायदा होगा? जो भी इस काम में रहेगी, उनको अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो इस सी एस आर की एक्टिविटी के द्वारा अपना ब्रांड को अपने इस हेरिटेज साइट इस नेशन बिल्डिंग की एक्टिविटी से जोड़ सकती है जिनसे उनके ब्रांड इमेज पे सुधार हो सकता है कंपनी को लिमिटेड विजिबिलिटी मिलेगी ऑन द द ऑफ एंड इंडिया वेबसाइट। चैलेंजेस क्या हो सकता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस पहला चैलेंज है बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, उनके रखरखाव के लिए कुछ एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसी की जरूरत हो सकती है अगर कुछ कंपनियों को ऐसा दिया जाए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस मोन्य रख रखाव और सकता है बहुत सारे मोन्यूमेंट्स का ऑलरेडी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी को शॉप भी दिया जाता है तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते लाइवलीहुड लोकल कॉम्युनिटीज अगर ये कुछ अगर प्राइवेट कंपनीज को सौंपा जाता है तो कंपनियों के द्वारा अपने इंप्लॉय को कुछ जैसे कि कुछ जॉब्स होते हैं जैसे गाइडेड टूर्स या फिर कुछ छोटे मोटे दुकान आसपास लगाना हो सकता है कि कल को ये सब जो छोटी मोटी इनफॉर्मल जॉब्स हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा किया जा सके जिसके कारण लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज इफेक्ट हो सकता है नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा नाइट टूरिज्म में बहुत ही हो सकती, हो सकता सकता है है जिसके कारण इस साइट्स का उसके डेकोरेशन उनकी रख पे असर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मोन्यूमेंट मित्रा जो हैं उन इस मोन्यूमेंट का उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं उनको बहुत सारे गलत कार्यों जो कि इन जो कि इस आ, आ, आ, इस स्कीम का इंटेंशन नहीं है जैसे कि कन्वर्ट दम इंट होटल्स या कुछ इस टाइप का बिजनेस कॉमर्शियल परपज में वो यूज कर सकते हैं जिसके कारण इन हेरिटेज साइटों का ब्रांड इमेज तथा उनके आ, उनके ब्रांड इमेज पे भी असर पड़ेगा तथा उनकी रखरखाव में भी असर पड़ सकता है ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट पैसे कमाने का हो सकता है तथा हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन उस समय बैकसाइट पे जा सकती है तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जिसको सरकार को ध्यान में रखना होगा अगर यह स्कीम को आगे बढ़ाती है तो क्या मेजर जा सकते हैं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कि स्कूल लाइब्रेरीज को सपोर्ट किया जा सकता है विद कीपलेक्ट आर्बल मेटेरियल लाइक बुक्स मैप्स एंड ओल्ड फोटोग्राफ रिलीवेंट टू मोन्यूमेंट जो की मदद कर सकता है बच्चों के बीच टूरिज्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ने में में फंड का उपयोग किया जा सकता है न्यू इक्विपमेंट खरीदने जिसके जिससे कुछ मोन्यूमेंट के रखरखाव में हेल्प मिल सके तथा जो भी कुछ ऐसे अगर हजार पॉल्यूशन के द्वारा क्रिएट हो सकते हैं उनसे उनको बचाया जा सके प्राइवेट कंपनी के रिसोर्सेस और एक्सपर्टीज के हेल्प से कुछ ऐसे कुछ और भी मोनूमेंट्स को सिक्योर किया जा सकता है जैसे कि कुछ प्राइवेट कंपनी माइनिंग प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट है डैम कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है तो कुछ हमारे पास ऐसे साइट्स है जहां माइनिंग प्रोजेक्ट या डैम चल रहे हैं उन उस साइटों के लिए प्राइवेट कंपनी के रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज की मदद ली जा सकती है इंडस्ट्रियल हाउसेज जो है वो मीनिंगफुल कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है For for हेल्प और, और उनका सपोर्ट लिया जा सकता है ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के स्किल की वृद्धि के लिए और मोनुमेंट को इमरजिंग क्लाइमेट चेंज उससे बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेस एक्सपर्टीज का यूज किया जा सकता है टू सिक्योर मोनोमेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस लाइक डैम्स, प्रोजेक्ट का इंडिया का प्रोग्रेस इन डाइवर्स फील्ड को प्रोजेक्ट किया जा सकता है जी ट्वेंटी इवेंट में जिसके कारण इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म में बढ़ावा मिल सकता है बाई इम्पेरिंग फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज सिविल सोसाइटी ग्रुप भी मदद कर सकती है कि इंडिया के प्रोग्रेस को वर्ल्ड तक पहुंचाया जा सके तो धन्यवाद अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक फैला सकते हैं धन्यवाद